इनका काम हो चुका है हॉस्पिटल से तो ये लोग लौट के आ गए और देखिए सब गाड़ी रखा हुआ है डॉक्टरों का और भी कोई आदमी लेके आता है अपना अपना गाड़ी तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं तो हम लोग घर से पंद्रह बीस मिनट लगता है तो आइए अंदर दिखाते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है देखिए दरवाजे पे कितना भीड़ लगा हुआ है तो चलो चलते हैं पर्ची बनाएँगे सबसे पहले तो तो इधर हम लोगों का पर्ची बनेगा तो देखिए इधर हम लोगों का पर्ची हम लेन में लग गए हैं मैं कैमरा कर रही हूँ तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा है कैमरा करने में तो इधर लिखा हुआ है बोर्ड में पर्ची बनाने के लिए तो यहाँ पे पर्ची बना रहे हैं उधर आदमी सब फिर दवाई ले रहा है तो इधर हम पर्ची बना लेते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा लेट है यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है न इसके वजह से लेट लग रहा है पर्ची बनाने में तो बहुत भीड़ है देखिए कितना आदमी आगे लगा हुआ है तो पर्ची बन के रेडी हो गया मेरा तो अब चलते हैं डॉक्टर से मिलने के लिए तो डा देखिए कितना बच्चा छोटा छोटा लेके बैठा हुआ है बहुत टाइम लगता है ना इसके कारण भीड़ बहुत होता है तो इधर भी चलो देखते हैं डॉक्टर है कि नहीं है तो डॉक्टर तो है फिर भी इधर बाज़े बहुत भी भीड़ लगा हुआ है तो बच्चे का डॉक्टर यहाँ पर अलग है बड़ों का अलग है छोटा बड़ा बड़ों का अलग ही है मतलब चाहे कोई सा ही बीमारी हो अब बच्चों का अलग है और उधर जो गर्भवती रहता है तो गर्भवती के लिए लाइन लगा हुआ है अभी दिखाऊंगी थोड़ा देर बाद में तो इधर देखिए नाम पुकारने के लिए यहाँ पर्ची जमा करना पड़ता है पहले तो मैंने भी पर्ची जमा किया था तो मैंने ले लिया है से तो इधर देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है बहुत भीड़ लगा हुआ है सबका छोटे बच्चे को बाहर देखिए कितना भीड़ है बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे आज तो और सोमवार का दिन है तो इसके ज़्यादा इसके कारण बहुत भीड़ है तो मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ देखिएगा सबका इलाज होता है सबका दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए दूर दूर से सिक्किम कह के बहुत अच्छा है। अस्पताल है हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और यहाँ पर देखिए ऊपर में भी जो गर्भवती का चेक होता है जितना भी और एक्सरा होता है और भी बहुत चीज़ होता है जिसमें ए, कैंसर होता है और भी बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत अच्छे से इलाज कराते हैं हम लोग भी अच्छे से इलाज करा देते हैं हम लोगों का भी तो इसीलिए बहुत नामी हॉस्पिटल है यहाँ का तो यहाँ पे सब जाते हैं सब जितने भी यहाँ पे आदमी हैं तो प्राइवेट छोड़ के सरकारी में जाते हैं क्योंकि सरकारी में बहुत अच्छे से इलाज देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं बहुत अच्छा से डॉक्टर सब भी बातचीत करते हैं हम लोगों के कुछ गांव में होता है कि अच्छे से डॉक्टर सब भाव खाने लगता है बोलता नहीं है ठीक से और बातचीत भी ठीक से नहीं करता जल्दी जल्दी दवाई लिख देता है यहाँ पर एक एक चीज समझा के दवाई लिख के देता है तो हम लोग बाहर में जो मैंने दिखाया थोड़ा देर पहले वहाँ पर दवाई दे देता है जितना उसका पास रहता है उतना ही दवाई देता है जितना नहीं रहता है तो बाहर से खरीदना पड़ता है तो यहाँ पे सरकारी दवाई भी मिल जाता है बहुत अच्छा ये हॉस्पिटल है तो देखिए यहाँ पर पर्ची बना के लाया ये लोग तो पहले का भी रिपोर्ट है वो भी चेक कर रहा है कि लाई कि नहीं लाई बोल के तो इधर भी बहुत अच्छा है कितना भीड़ बहुत भीड़ रहता है यहाँ बहुत भीड़ तो देखिए आप सब देख पा रहे होंगे कितना भीड़ है तो लोग भी बच्चा लेके खड़ा है अभी अंदर में बहुत भीड़ है अंदर भी चल के दिखाएंगे आपको कितना भीड़ है बाहर में भी थोड़ा थोड़ा खाली हो चुका है अभी आदमियों का इलाज हो तो पंद्रह से बीस दिन हो गया था इसका खांसी के लिए तो मुझे डर लग गया था कि कहीं दूसरा बीमारी ना हो जाए तो इसके लिए तीन महीने के लिए दवाई लिख के दिया है तीन महीना खाने के लिए बोला है उसके बाद में दूसरा अगर खांसी नहीं छूटेगा तो उसके बाद में दूसरा टेस्ट कराएगा तो अभी तो देखिए ये जो पर्ची में दवाई लिखा हुआ है तो यही दिया है और ये सीसी है तो ये सीसी दिया है और ये दवाई दिया है एक टाइम का रात के लिए ये दोनों दवाई दिया है